मेरे को दो क्वेश्चन में डाउट है और दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े हैं समझ रहे हो ये बात नहीं करते